thirty five plus twenty one minus ninety six plus twenty three plus twenty one minus forty four plus eleven plus seventeen answer is twenty eight twenty eight is correct twenty six plus twenty two minus forty eight plus twenty nine minus eleven seventeen thirty five twelve answer is eighty two eighty two is correct answer twenty nine again twenty nine once again twenty nine minus eighty six fifty three twenty four twenty one minus eight answer is ninety one excellent above three digits करो 123 प्लस 121 माइनस 244 158 प्लस 121 आंसर इस 279 ग्रे 279 इस करेक्ट एक और करो 265 प्लस 134 माइनस 399 158 माइनस 147 आंसर इस 011 011 11 इस करेक्ट अब आप मल्टीप्लिकेशन करो ठीक है seventy five multiplied by five answer is three seventy five एक और करो forty six multiplied by eight three six eight ninety nine multiplied by nine eight nine one एक और करो eighty four multiplied by six five zero four बहुत अच्छा excellent तेज करोगे यार ready ready चल ज बहुत अच्छा बहुत अच्छा